ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड वोट ये देख सकते हैं गाइस हमारा फोन ऑन हो चुका है अगर आप थोड़ा सा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा मतलब हमारा फॉर्मेट हो चुका है जॉब डाउन हो चुका है गाइस हेलो फ्रेंड कैसे हैं आए अच्छे होंगे तो चलिए हमेशा की तरह कंटेंट में और लेकर के आया हूँ तो आज का जो हमारा कंटेंट है मैं आपको बता दूँ एक हमारे पास सैमसंग का फोन है यह सैमसंग का जो है मॉडल मैं आपको बता दूँ ये सैमसंग का भी आपको मॉडल यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा ए थ्री ये देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देख सकते हैं ए जीरो थ्री सेवन एफ़ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैमसंग का फ़ोन है और इसमें लगा हुआ है पैटर्न किसी यूज़र ने इसका पैटर्न भूल चुके हैं और बहुत ईजी तरीके से हम यहाँ पे करने वाले हैं सारी चीज़ें गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो तो फिलहाल यहाँ पे ये यह देख सकते हो यहाँ पर पैटर्न है किसी यूज़र ने यहाँ पर पैटर्न भूल चुके हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हार्ड सेट करने में या फिर कुछ भी करने में तो सबसे पहले आप सैमसंग को ऐसा कुछ नहीं मानना है कि अगर आपको अगर आपका फ़ोन हार्ड डिसेट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम हार्ड डिसेट कैसे करते हैं उस, उसके बाद इसमें एफ लगती है तो एफ को भी हम देखने वाले हैं तो फिलहाल अभी हम इसको हार्ड डिसेट करने वाले हैं सिस्टम से अनलॉक टूल से करने वाले हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो सारी चीज़ें तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट टाइम तक देखिएगा अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन दवा लीजिए जिससे हमारे नया नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगेगा इस तो चलिए फटाफट आप वीडियो को आप हमारे चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो भाई जैसा कि आपने देखा वहां पे मैंने आपको दिखाया हमारा जो सैमसंग का फोन था सारी चीजें यहां पे तो इसमें लगा हुआ है सर मीडाटेक का सीपीयू है और मीडियाटेक सीप्यू है तो उसके अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं बहुत इजी तरीके से वन क्लिक में हमारा यहाँ पे हो जाने वाला है तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखा दे मैंने यहाँ पे अनलॉक टूल से करने वाला हूँ सबसे पहले हम करेंगे इसकी फैक्ट्री सेट फिर अगर इसमें एफआरपी लगती है गाइस तो एफआरपी की एफ को भी हम देखने वाले हैं तो चलिए फटाफट सबसे पहले हम यहाँ पे करने वाले हैं यहाँ पे जाएंगे सैमसंग में क्योंकि बहुत ईजी हो चुकी है अब जो लेटेस्ट फोन आ रहा है सैमसंग के बहुत ईजी तरीके से अनलॉक हो जा रहा है सैमसंग में आने के बाद फिर अपना मॉडल सेलेक्ट करना है तो मॉडल आप देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग ए 03s थ्री जो कि हमने यहाँ पे दिखाया था मीडिया टेक यहाँ पे लगा हुआ है स्नैपड्रैगन ड्रैगन यहाँ पे कॉलकम होगा और यहाँ पे जयनोक्स और सारी चीजें होती है स्नैपड्रैगन एमटीके तो आप यहाँ पे देख सकते हो मीडिया टेक का ए जीरो हमने यहाँ पे बताया हुआ था हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा टैब यहाँ पे काम करने वाला है आप फैक्ट्री रिसेट और एफ देख सकते हो तो पे दोनों ही आपका फैक्ट्री सेट और एफ आर पे अनलॉक हो जाएगा फिलहाल हम करने वाले हैं यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट हम फैक्ट्री सेट पर कर देते हैं क्लिक दूसरी चीज आपका फोन पैटर्न पे होगा तो बंद नहीं होगा गाइज जैसा कि मैं आपको बता दूं तो उसके लिए आपको करना क्या है आपको तीनों की को एक साथ प्रेस करना है फिर से आप सुनिएगा रिमाइंड कर रहा हूं आपको तीनों की क्योंकि ये जो हमारा फोन होगा ऑन होगा अभी हमारा यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको तो अगर मैं दिखाने की कोशिश भी करूँ आपको तो शायद दिख जाए तो फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये फोन में दिखा सकूँ तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर देता हूँ गाइज की कैसे आपको करना है बेसिकली तो ये जो फोन है अभी मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे साइड में कर देता हूँ और ये फ़ोन देखिए चालू है बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें मैं अभी फिलहाल घर पे हूँ और घर पेटे हूँ तो चलिए ठीक है तो ये फ़ोन अभी बंद नहीं होगा तो आपको करना क्या है डाटा केबल से लगा देना गाइस ये देखिए मैंने डाटा केबल से लगा दिया है अब आपको करना क्या है तीनों की को एक साथ प्रेस करना है गाइस तीनों की को आप एक साथ प्रेस करेंगे जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ तीनों की और यहाँ पर वेटिंग फॉर यूज़ हमने यहाँ पे कर दिया है अभी आप देखोगे मैंने तीनों की एक साथ प्रेस किया हुआ है और ये देखिए और फिर आपको केवल अप डाउन दबाकर रखना है कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं आपको लाइव भी करके यहाँ पे सारी चीजें दिखा दूंगा अभी यहाँ पे फ्रोन और यहाँ पे देख सकते हो फोन हमारा कनेक्ट है डर आ गया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे अभी हमारा चार्जिंग पे चला जाएगा तो वेट करेंगे गाइस स्टॉप करते हैं और यहाँ पे आपको करना क्या है फिर से वही प्रोसेस करना है अभी हमारा फोन ऑन हो चुका है तो फिर से हमने लगाया हुआ है अब इसको फिर से अगर फोन अगर खुल जाता है तो अच्छी बात है वेटिंग फॉर यूज भी आ चुका है अब यहाँ पे फिर से मैंने तीनों की को एक साथ प्रेस करके रखा हुआ है तीनों की को एक साथ प्रेस करके रखा हुआ है और जैसे ही हमारा फोन रिस्टार्ट होगा वैल्यूम अपडाउन आप दबा के रखिए अभी देखिए यहाँ पर कनेक्ट हुआ और यहाँ पे देख सकते हैं फोन हमारा फिर से क्योंकि अगर आपने कनेक्टिविटी अच्छे से कर ली तो आपका काम 100% हो जाएगा जैसा कि हमने यहाँ पे आपको लाइव दिखाया देख सकते हैं फोन हमारा कनेक्ट हो चुका है गाई फैक्ट्री रिसेट हमने किया उसको यूजर डाटा इसका रिसेट हो जाएगा क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप उससे वाइव डाटा नहीं कर पा रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने फोन कनेक्टेड है हमारा सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये हमारा हो चुका है यूजर डाटा ओके हो चुका है चॉप हो गया तो हम इसे निकालेंगे देखिए चौबीस सेकंड में केवल ये हार्ड सेट हो गया अभी ये फोन जाएगा सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे लाइव करके दिखा रहा हूँ तो देखिए थोड़ा सा बूट होने में टाइम लगेगा प्रीलोडर हमारा बना रहा है अब हम इसको निकाल देते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये सैमसंग का फोन ऑन हो चुका है बहुत ईजी तरीके से अनलॉक तो क्यूँकी यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे दिखाई देगा गाइज की सारी चीजें आपको यहाँ पे तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा तो उसमें आपको करना क्या है गाइस आपको यहाँ पे फैक्ट्री सेट कर देना मैं आपको लाइव कर रहा हूं जैसे आपको ये इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा यहाँ पे आपको कर देना है फैक्ट्री सेट कर देना गाइज ये आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें आप देख लो यहाँ पे आपको यहाँ पे आप दिखाई दे जाएगा क्योंकि अगर ये जैसे फॉर्मेट होगा आपका ये कमांड यहाँ पे जैसे ही होगा उसमें आपको फैक्ट्री सेट कर देना है अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बूट करेगा बूट करने के बाद मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखाने वाला हूँ क्लियर कट ओके गाइज तो गाइस जो है हमारा देख सकते हैं यहाँ पे ये यह कम्प्लीटली हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बूट हो रहा है ये हमारा फर्स्ट और सेकंड बूट ये देख सकते हैं गाइस हमारा फोन ऑन हो चुका है अगर आप थोड़ा सा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा मतलब हमारा फॉर्मेट हो चुका है जॉप डाउन हो चुका है गाइस तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा स्टेप करके किस एफ आर पी नहीं लगी मेरा मेन मोटिव था इसके पैटर्न को हटाना पैटर्न को कैसे हम बाईपास कैसे हम हार्ड सेट करते हैं अगर आपको हार्ड सेट से प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस टूल के माध्यम से बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं अभी ये स्किप नहीं हो रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज मैं स्किप करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ पर यहाँ पे स्किप नहीं हो रहा है यहाँ पे स्किप नहीं हो रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं आपको अपने उसमें भी दिखा दूंगा तो दिस नीडेड वाईफाई नीडेड यहाँ पर आपको दिखा रहा है मोबाइल डाटा यूज के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे हम वाईफाई भी कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रोसेस आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है नहीं बढ़ता है तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा हम इसकी एफआरपी की भी वीडियो आपको यहाँ पे डाल देंगे इस जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो अभी कोई भी स्किप नहीं हो रहा है यहाँ पे स्किप का बटन में दबा रहा हूँ पर स्किप नहीं हो रहा है इस तो चलिए यहाँ पे हम करने वाले हैं हम इसकी एफ भी, भी हटाएंगे रिमूव करेंगे कैसे रिमूव करना है बट उसके लिए आपको करना क्या होगा वीडियो को दूसरे वीडियो में देखना होगा क्योंकि मैं दूसरे पार्ट में इसका डाल दूंगा कि इसकी वीडियो कैसे कैसे इसकी एफआर रिमूव कर रही चलिए वीडियो में आपने बना अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक यू सो मच मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में